जहाँ देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के और मकर राशि में नीच के होते हैं एक बात और बता दें कि ये आकाश तत्व के ग्रह हैं ज्योतिष के अनुसार गुरु शुभ हो तो जातक को वकील धनवान संपादक टीचर जज आयुर्वेद से रिलेटेड आचार्य अध्यापक और बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कोई बहुत बढ़िया पद दे, दे देता है गुरु ग्रह वैवाहिक जीवन और संतान का भी कारक ग्रह है गुरु ग्रह यदि शुभ हो तो बहुत ही अच्छा आपको जीवन साथी योग्य वर की प्राप्ति होती है और वैवाहिक सुख भी उत्तम मिलता है इसके विपरीत यदि गुरु आपके कुंडली में अच्छे नहीं हैं नीच के हैं या गुरु राहु का चांडाल दोष है तो इन सभी चीज़ों से रिलेटेड आपको हानि होगी साथ ही साथ यदि गुरु आपकी कुंडली में शुभ है तो संतान से भी आपको सौभाग्य की प्राप्ति होती है जहाँ गुरु उच्च शिक्षा दिलाते हैं वहीं देवगुरु बृहस्पति एक आपको बहुत ही अच्छा ज्योति भी बनाते हैं गुरु का जो स्थान होता है ये आपके मस्तिष्क पर बहुत ही गहरा प्रभाव होता है तभी तो दर्शकों देखिये देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान का कारक ग्रह माना गया है दर्शकों देवगुरु बृहस्पति 29 मार्च 2020 को शनि की राशि मकर राशि में गोचर करेंगे और 30 जून 2020 को ये पुनः धनु राशि में लौट आएंगे जहां 20 नवंबर तक की ये फिर धनु राशि में रहेंगे पुनः 20 नवंबर के बाद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 शनि क्षेत्र यदा जीवा शनि के क्षेत्र में जब जीव जाएंगे अर्थात मकर व कुंभ में तो स्थान वृद्धि करो शनि तो वहां पर शनि स्थान वृद्धि करेंगे और स्थान हानि करो जीवा और देव गुरु बृहस्पति स्थान हानि करेंगे तो 2020 साल के अंत तक की गुरु का संचर जो है जो संचरण रहेगा धनु के बाद वापस ये पुनः मकर में चले जाएंगे तो आइए जानते हैं हम सब कि जो है विभिन्न राशियों पर मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के जीवन में गुरु का क्या प्रभाव पड़ेगा और ये परिवर्तन क्या शुभता या अशुभता लेकर के आया है साथ ही साथ दर्शकों देखिए एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रस्तुत ये जो अब राशिफल है आपका मेष से लेकर के मीन राशि तक का तो आपके पूर्णतः ये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 वहां पर लाइव शो में रविवार को आप लोग कोई एक प्रश्न अपनी कुंडली से रिलेटेड पूछ सकते हैं तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए आप लोग बहुत ज्यादा फायदे में रहेंगे तो दर्शकों कैसा रहेगा गुरु का गोचर और बढ़ते हैं इस पर देखिए दर्शकों राशिफल में हमारी पहली राशि आती है यह आती है मेष राशि मेष राशि के दर्शकों देव गुरु बृहस्पति का ये संचरण कैसा रहेगा अब देखिए गुरु जो है ये आपके नवम भाव के और द्वादश भाव के बारहवें भाव के स्वामी हैं और ये साल की शुरुआत में आपके नवम भाव में गोचर किए थे लेकिन अब ये देखिए नीच के हो गए आप लोग स्क्रीन पर कुंडली देख सकते हैं तो यहाँ पर शनि के साथ यहाँ पर बैठ गए इनका नीच भंग भी हो रहा है कर्म क्षेत्र में बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति का आपको पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है जिसके माध्यम से देखिए आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा मानसिक रूप से आप लोग सुकून अनुभव करेंगे साथ ही साथ चूँकि व्यवसाय के भाव में गोचर करने से नए व्यवसाय का और नई नौकरी का प्रादुर्भाव आपके जीवन में होगा टीचिंग क्षेत्र से रिलेटेड कोई नौकरी कोई जॉब इत्यादि आपको मिल सकती है और आपके प्रमोशंस इत्यादि आपके ट्रांसफर्स इत्यादि हो सकते हैं दसम भाव में बैठा बृहस्पति पंचम दृष्टि कुटुम्ब के घर को दे रहा है तो कुटुम्ब में आपके जो है कुछ आपको गुड न्यूज मिल सकती है आपका विवाह इत्यादि तय हो सकता है साथ ही साथ आपका पत्नी के साथ संबंध काफी अच्छा रहेगा इस गोचर के दौरान आपको जमीन से जुड़े हुए कार्यों में भी फायदा होगा और निवेश करने से भी आपको लाभ होगा देखिए जो है यहां इनका निचभंग हो रहा है लेकिन निचभंग के साथ देखिए सप्तम दृष्टि पूर्ण रूप से आपके जो है फोर्थ हाउस अर्थात सुख के घर को दे रहे हैं फोर्थ हाउस जो संबंधित होता है ये लग्जीरियस स्वाहन से संबंधित होता है ये भूमि से संबंधित होता है ये भवन से संबंधित होता है तो कुटुम्ब के माध्यम से जो गुरु की पंचम दृष्टि है कुटुम्ब के माध्यम से पंचम दृष्टि जो जो, जो सप्तम दृष्टि जो ये आपके सुख के घर को दे रहे हैं तो कोई आपको पैतृक संपत्ति इत्यादि भी प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है लेकिन थोड़ा सा आपको अपने जिब्भा पर भी अंकुश लगाने की यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति सलाह दे रहे हैं किसी को आपको कुछ बोलना नहीं रहेगा नए घर का सपना अब आपका जाकर के साकार हो जाएगा साथ ही साथ जीवन में आने से आपका जो है आपके जीवन में किसी नव प्रेम का संचार हो सकता है वैवाहिक सुख में भी बढ़ोतरी होगी गुरु के इस गोचर में देखिए ये आध्यात्मिक के गुरु हैं तो आध्यात्मिक कार्यों में मेष राशि के जातकों की रुचि बढ़ेगी और धार्मिक यात्राओं का भी संयोग बढ़ेगा शिक्षा के क्षेत्र में देवगुरु बृहस्पति सकारात्मक प्रभाव लाएंगे आपकी मेहनत सफल होगी और ये गोचर आपको आर्थिक स्थिति बेहतर होने से धन की बचत भी होगी देखिए दर्शकों जो सेकंड भाव होता है ये आपके संचित धन का होता है आपके फिक्स धन का होता है तो आप यहाँ पर कोई एफडी वगैरह कर सकते हैं आप कोई निवेश इत्यादि कर सकते हैं जो कि फ्यूचर में आपको लाभ दे साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपकी जो पड़ रही है छठे घर पे पड़ रही है छठा घर जो होता है कंपटीशन का होता है तो जो कॉम्पिटेटिव छात्र हैं मेष राशि के हमारे जातक हैं वो वहाँ पर सफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं लेकिन कुछ शत्रुओं की भी यहाँ पर वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही एक ना एक भाव की देखिए हानि जरूर करेंगे नीच के बृहस्पति हैं दसम घर में बैठे हुए हैं साउथ के जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो नवम भाव को पिता का मानते हैं लेकिन इधर नॉर्थ इंडियन जो होते हैं दशम भाव पिता को मानते हैं तो पिता से रिलेटेड सुख में यहाँ पर कुछ कमी कराएंगे उनसे कुछ मतभेद भी आपके करा सकते हैं लेकिन हाँ आपको जो है जो हम उपाय बता रहे हैं यदि ये कर लेते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें पिता से आपको संपत्ति भी प्राप्त हो सकती है उपाय के तौर पर आप लोगों को करना क्या रहेगा देखिए सबसे पहले तो प्रतिदिन सुबह उठ करके देवगुरु बृहस्पति का कवच है गुरु कवच का आपको पाठ करना रहेगा प्रतिदिन ये आपको करना रहेगा दूसरा दर्शकों करना यह रहेगा प्रतिदिन आपको मेष राशि के जात को अपने मस्तक पर केसर का आपको तिलक लगाना है मस्तक जिभा नाभी पर और आपको केले के वृक्ष की पूजा भी करनी रहेगी ये छोटा सा आप लोग प्रयोग कर लीजिएगा और देखिएगा कितनी कि अच्छी शुभता आपके लिए आ रही है तो दर्शकों गुरु का ये गोचर कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा नए हैं तो इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए दर्शकों एक बात और यदि आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग फोन कर सकते हैं या